श्री गणेश जय माता दी दोस्तों आपने मेरा पहला वीडियो देखा ही होगा और नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा आजकल समाज में तरह तरह के उपाय बताकर गुमराह किया जाता है और वो उपाय करके भी आदमी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता ज्योतिष विषय पर आधारित बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाले ढेरों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे लेकिन यह वीडियो आपको कुछ अलग और आपके काम की जानकारी देने वाला साबित होगा क्या आपको पता है नक्षत्र जीवन व्यक्ति के जीवन पर अच्छे या बुरे प्रभाव डालते हैं और आप देखेंगे कि ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है इसीलिए नक्षत्र गोचर बहुत मायने रखता है और इसी विषय पर आज का वीडियो है नक्षत्र गोचर पहले तो आपका नक्षत्र कौन सा है यह आपको जान लेना बहुत जरूरी है यह आप जान ले कि आपका जन्म का चंद्रमा आपके जन्म का चंद्रमा जिस राशि नक्षत्र में होगा वही आपका राशि नक्षत्र है जन्म राशि से ग्रहों के फल परिणाम जिस तरह देखे जाते हैं उसी तरह और उससे कई ज्यादा सूक्ष्म तरीके से नक्षत्र गोचर से देखने की प्रथा है जन्म नक्षत्र से नौवे नक्षत्र तक हर नक्षत्र की एक विशेष संज्ञा है परिभाषा है उसका एक नाम है पहला जन्म उत्पत्तिकारक दूसरा संपत्त संपत्तिकारक धन दायक पैसे देने वाला तीसरा विपत्त विपत्तिकारक संकट दायक जो अशुभ है चौथा क्षेम शुभ पांचवा प्रत्यर अशुभ छठा साधक सातवा वृत्यु कारक अत्यंत अशुभ रहता है आठवा मैत्र नौवा परम मैत्र मतलब शुभ ऐसी ये कैटेगरी वाइज नक्षत्रों की कैटेगरी है और उस हिसाब से उस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपका नक्षत्र अच्छे कैटेगरी में है या बुरे कैटेगरी में है और उस उससे उस आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको कौन से ग्रह का जाप करना चाहिए और कौन से ग्रह का जाप नहीं करना चाहिए दोस्तों ऑनलाइन तो कुंडली मिली जाती है तो उससे आप तो ऐटलीस्ट नक्षत्र जो ग्रह किस नक्षत्र में है किस राशि में है वो तो आप पता कर ही सकते हैं लेकिन जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे कुंडली निकालने के लिए कुंडली बनाने के लिए तो वो ऐट वो गारंटेड होना चाहिए या कुछ रिव्यूज़ देख के आप देख सकते हैं कि उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं या बुरे हैं उस हिसाब से आप वो सॉफ्टवेयर फॉलो कीजिए और तभी आपकी कुंडली बना के आप उसमें देखिए कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है और मैं मैं जो चार्ट दिखा रहा हूँ आपको उस हिसाब से आप चार्ट बना लीजिए पेपर वर्क कीजिए और फिर आप सोचिए कि आपका कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है तो वो शुभ है या अशुभ है और शुभ है तो आपको कौन से ग्रह का जाप करना चाहिए या आप जान सकेंगे। एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं आप लेता पर जन्म नक्षत्र समझिए किसी का जन्म नक्षत्र नक्षत्र चित्रा चित्रा है और चित्रा नक्षत्र होने से इस व्यक्ति को स्वाति शत तारका यह संपत नक्षत्र की कैटेगरी में आएंगे तो ये शुभ है तो इससे अगर शुभ ग्रह भ्रमण करता है तो वो नक्षत्र से भ्रमण करने वाला शुभ ग्रह उसे पैसा देने वाला या शांति देने वाला नौकरी में बढ़ोतरी देने वाला या कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ देने वाला ही साबित होगा तो ये फायदा होता है नक्षत्र गोचर से इसके विपरीत अगर अशुभ ग्रह अशुभ नक्षत्र से भ्रमण करता है तो जातक ये समझ ले कि यह अशुभ भ्रमण काल में वह ग्रह जिस स्थान का स्वामी है उसी स्थान संबंधित बातों को लेकर वह सावधानी बरते शुभ ग्रह पाप नक्षत्रों से भ्रमण करता है तो उसके जाप जरूर करें लेकिन शत्रुग्रह का जाप कतई ना करे शत्रुग्रह का जाप करना मतलब आप शत्रुग्रह को पूज पूज रहे हैं उनकी पूजा कर रहे हैं और शत्रु ग्रह की पूजा नहीं की जाती उनके दान दिए जाते हैं और ऐसी कंडीशन होती है कि शत्रुग्रह के जाप तभी करने चाहिए जब आवश्यकता हो इसीलिए भाइयों और बहनों शत्रुग्रहों के जाप कभी ना करें बिना परामर्श शत्रुग्रहों के जाप ना करें उदाहरण के तौर पे लेते हैं अगर लग्नेश लग्न स्थान मतलब प्रथम स्थान कुंडली में जो राशि है उसका स्वामी वह लग्नेश ग्रह होता है और लग्नेश ग्रह के जो मित्र ग्रह होते हैं उसी ग्रहों के जाप करने चाहिए अन्यथा अगर आप लग्नेश ग्रह के शत्रु ग्रह के जाप करते हैं तो आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है इसलिए बिना परामर्श शत्रु ग्रहों का जाप ना करें आगे आपको शत्रु और मित्र ग्रह का चार्ट दिखेगा उसका आप जरूर उपयोग करें और अंत में प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर तो जरूर कीजिए शायद किसी की जिंदगी किसी का दुख आप कम कर सके धन्यवाद